गरीब आ रहा हूं खुद से मैं दूर जा रहा हूँ ये बेबचा तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ हॉले हाल